यहाँ से अगर दिल लगाओगे तो बर्बाद हो जाओगे मेरे दोस्त अगर अल्लाह से दिल लगाओगे तो आबाद हो जाओगे